सिंगरौली में डॉक्टर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर काम बंद कर हड़ताल पर है और डॉक्टरों के इस हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है सिंगरौली में डॉक्टरों की हड़ताल के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और अस्पताल में सैकड़ों लोग पर्ची कटवा इलाज के लिए भटक रहे हैं डॉक्टर अपनी तीन सूत्री मांगों के पूरा नहीं होने पर बेमियादी हड़ताल पर अड़े हुए हैं वही जिला प्रशासन से लेकर अस्पताल प्रबंधन में खलबली मची हुई है डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से मरीजों को परेशानी ना हो इसके लिए अस्पताल प्रबंधन ने कलेक्टर से मीटिंग की अस्पताल प्रबंधन ने इमरजेंसी सेवाएं बहाल रखने 10 डॉक्टर एनटीपीसी और एनसीएल से बुलाए हैं डॉक्टरों की हड़ताल के बाद जिले से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं वही जिला मुख्यालय में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के भी बॉर्डर इलाके से मरीज आते हैं जो इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। है चिकित्सक महासंघ के तत्वधान में आज का यह स्ट्राइक का आयोजन किया गया है और इसमें हमारी तीन प्रमुख मांगे हैं कि टाइमली प्रमोशन दिया जाए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए और चिकित्सक के ऊपर जो प्रशासनिक पदाधिकारियों का हस्ताक्षेप होता है वो बंद किया जाए इसके तहत इस स्ट्राइक का आयोजन कल से किया गया था पंद्रह फरवरी को हमने सम्पूर्ण रूप से पूरे कार्यकाल के दौरान काली पट्टी बांधकर काम किया था आज दो घंटे का स्ट्राइक किया गया है और कल से सत्रह से पूर्णकालिक स्ट्राइक का आयोजन किया जाएगा और इसके उपरांत जो भी पदाधिकारियों द्वारा जो भोपाल में है महासंघ के पदाधिकारी उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी होगा उसके अनुसार आगे की रणनीति प्रारम्भ की जाएगी हमारे जो जूनियर चिकित्सक है उनको एक तो पुरानी पेंशन स्कीम है वो नई मिल रही है नई पेंशन स्कीम लागू हो गई है एक तो उनकी डिमांड ये है दूसरी जो समयबद्ध प्रमोशन का है वो सबको बराबर नहीं मिल पा रहा है किसी को 20 साल में एक पहला प्रमोशन मिलता है किसी को तीन चार साल मिल जाता है कोई तो मतलब तो एक उसका समयबद्ध प्रमोशन की वो हो होना चाहिए ग्रेडिंग होना चाहिए कल से बिल तो तो या दोनों तो मांगे लेके हमारे चिकित्सक उन स्ट्राइक में हैं आज दो घंटे की स्ट्राइक में, में है वो दस से बारह के लिए बारह बजे के बाद वो फिर कार्यरत हो जाएंगे मरीजों को देखना शुरू करेंगे आज उनका जो है पहला दिन है वो दो घंटे का है दस से बारह बजे के लिए ये हमने एन और एन के चिकित्सा जो वहाँ के मुख्य सी हैं उनसे हमने पाँच पाँच चिकित्सकों को मांग की है जिससे हमारी इमरजेंसी सेवाएँ बाधित न हों उसके लिए हमने उनसे मांग रखी है और छत्तीसगढ़ हाँ। हाँ। से आए हैं, है हाँ, पेट में गैस बनता है तो दर्द होता है हाँ। भूख नहीं लगता है दर्द यहाँ हम तो कल आए हाँ। कल से पर्ची लगाए अभी कोई डॉक्टर नहीं बैठे है तो हम क्या किसको दिखाएं, पर्ची भी अभी लगी है हम परेशान हैं, नहीं वो तो नहीं बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब हमसे भेटे नहीं हुआ है तो हम क्या बताए वहाँ नहीं बैठे वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है